उम्र के साथ लोगों के बाल सफेद तो होते ही है ये तो आप सभी जानते हैं पहले तो लोगों के बाल 50-60 साल की उम्र में सफेद होते थे पर आजकल तो बहुत छोटी सी उम्र में ही सफेद होने लगे हैं तो इसका क्या रीजन है तो जानने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले देखिए सबसे पहला रीजन पॉल्यूशन आजकल बीस ऐसी पच्चीस साल के लोग यानी यंग यूथ स्कूल कॉलेज या फिर काम के लिए बाहर जाना ही रहता है और इससे उनके बाल और फेस की स्किन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है और कुछ लोग इसकी केयर कर लेते हैं, लेकिन बालों की केयर नहीं करते और जो शैम्पू या फिर सॉप यूज करते हैं वो आखिर कहीं ना कहीं बालों को डैमेज ही करता है पहले इतना पोल्यूशन नहीं था इसकी वजह से लोगों के बाल सफेद नहीं होते थे अभी जल्दी हो जाते हैं और कुछ साइंटिस्ट के साथ ये भी पता चला है की इसके पीछे जेनेटिक रीजन भी हो सकता है तो क्या आपके भी बल सफेद हो रहे हैं कॉमेंट करके जरूर बताना